दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत और इस विशाल का भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति जिसके लिए चुनी गई इस देश के एक आदिवासी परिवार की बेटी द्रौपदी मुर्मू मैं एक गरीब परिवार से हूं मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊंगी मैं सिर्फ चाहती थी कि कुछ पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करके अपने परिवार को सपोर्ट करूंगी लेकिन मेरी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आए जिनके चलते मैं कब राजनीति में आ गई पता ही नहीं चला ये शब्द थे द्रौपदी मुर्मू के दोस्तों यदि आपकी जिंदगी बिना रुकावटों के बिना चैलेंजेस के गुजर रही है तो शायद आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं क्योंकि मुश्किलों की सवारी करके ही इतिहास रचा जाता है ये बात सच कर दिखाई है हमारी इस सीरीज की नायिका द्रौपदी मुर्मू ने भारत के इतिहास में पच्चीस जुलाई दो हजार खास तारीख बन गयी है क्योंकि इस दिन भारत में पहली बार किसी आदिवासी परिवार की महिला ने देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली जिन्होंने अपनी जिंदगी के हर पड़ाव में कई दुखों का सामना किया समाज के कई रूढ़ीवादी परंपराओं को तोड़ा और हर बार समाज के लिए एक नए उदाहरण के रूप में प्रेरणा बनकर उभरी दोस्तों उन दिनों एक लड़की के लिए अपने गाँव ऐसी बाहर जाकर पढ़ाई करना भी हमारे देश में चैलेंज हुआ करता था कम उम्र में ही शादी करा दी जाती थी द्रौपदी के साथ इससे भी बड़ा चैलेंज था एक तो गांव की लड़की थी दूसरा ट्राइबल कम्युनिटी से थीं। जब वो बाहर पढ़ाई करने जाने लगी तो गांव के लोग अक्सर उनके पिता को सलाह दिया करते थे कि उन्हें ना जाने दें। हालांकि उनके पिता ने उनका भरपूर साथ दिया ऐसे उनकी लाइफ के बहुत से इंसिडेंट है जो हम इस सीरीज में आगे जानेंगे नमस्कार दोस्तों मैं हूं आरजे तरनुम और आप सुन रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन पर आधारित हमारी शानदार सीरीज सिर्फ कुकु एफ एम द्रौपदी मुर्मू भारत की पंद्रवी राष्ट्रपति चुनी गई है वो देश की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली दूसरी महिला है क्योंकि उनसे पहले श्रीमती प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी हालांकि एक आदिवासी परिवार ऐसी वो इस पद को संभालने वाली पहली महिला है राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू एन डी के उम्मीदवार थीं, वहीं विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा थे जो भारतीय राजनीति के एक दिग्गज खिलाड़ी रहे वो दो बार देश के वित्त मंत्री और एक बार विदेश मंत्री रह चुके हैं जबकि द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक करियर यशवंत सिन्हा जितना बड़ा नहीं रहा लेकिन बावजूद इसके वो उन्हें हराने में कामयाब रही द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के साथ आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए स्वर्ण युग की भी शुरुआत हो गई है अब उनके जीत से आदिवासी वर्ग के विकास में कितना बदलाव आएगा ये तो पता नहीं लेकिन इतना जरूर है कि एक आदिवासी वो भी एक महिला का देश के राष्ट्रपति पद पर बैठना उन लाखों लोगो के लिए एक प्रेरणा बन गया है जो भेदभाव और बेसिक सुविधाओं के अभाव में अक्सर आगे नहीं बढ़ पाते थे लेकिन यहाँ सवाल ये है कि एक आदिवासी महिला आखिर यहाँ तक पहुँची कैसे कैसे एक महिला ने गांव से निकलकर भारतीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई इस सवालों के साथ साथ ये भी जानेंगे कि उनका बचपन कैसा था उनके फैमिली में कौन कौन था उनके जीवन के सारे उतार चढ़ाव जिसने उन्हें इतना मजबूत बना दिया की आज वो भारत के सबसे बड़े पद पर पहुँच पाई दोस्तों इस सीरीज में बताई गई जानकारी बहुत से अलग अलग सोर्सेज से ली गई है जैसे न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स इंटरव्यूज एक्सेट्रा अगर इसमें कुछ कमी रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं हम इसे सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे तो दोस्तों जुड़ जाइए हमारे साथ इस शानदार सफरनामे में सिर्फ कुकू एफ एम